आजा। हाई तोरा थोड़ा, जाई, रंगा रूठी तोहरा राजा जी के दिला टूटी जाई राजा जी के दिला टूटी जाई तोहरा पिया जी के दिला टूटी जाई शलू कहें शू कहें गरम आलू तब फेंक दलूँ आलू कहें दिला टूट जाए अब है सेवा में की के जूधे जूधे ना के के झूठ सेवाधन तो हरे पर धन लूट जाए तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जा बस कर रोईबका